नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे जटिल से जटिल बैकग्राउंड वाले फ़ोटो का बैकग्राउंड को एक क्लिक में रिमूव कैसे करें और आप जैसा चाहे वैसा बैकग्राउंड लगा सकते हैं चाहे तो आप प्लेन बैकग्राउंड या बैकग्राउंड में कोई भी इमेज लगा सकते हैं जैसे ताजमहल और अन्य कोई फ़ोटो लगा सकते हैं

और इस वीडियो में जानेंगे और बहुत कुछ तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें तो दोस्तों मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ता हूँ आगे तो आगे आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करना है और सर्च बॉक्स में टाइप करना है फेस एप फर्स्ट ऐप इंस्टॉल करना है तो चलिए हम फटाफट कर लेते हैं इंस्टॉल इंस्टॉल हो जाने के बाद ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद आपको नेक्स्ट नेक्स्ट

कंटिन्यू करना एलो एक्सेस टू योर फोन एलो कर देना मैं लाइव दिखा रहा हूं इसलिए मैं अपना एक फ़ोटो कैप्चर करके उसका बैकग्राउंड रिमूव करके दिखाऊंगा आपको अपना कैमरा ओपन कर लेना है नॉर्मल कैमरा कैमरा ओपन करके एक फ़ोटो कैप्चर कर लेना है चलिए मैं कर लेता हूं फ़ोटो कैप्चर करने के बाद

आपको आ जाना है डायरेक्ट फेस ऐप पर फेस ऐप को ओपन कर लेना है देखिए वो फोटो जब मैंने सेल्फ़ी क्लिक किया था वो सेल्फ़ी यहाँ आ चुका है और इसको एग्री कर देना है एग्री करने के बाद प्रोसेसिंग करने के बाद कैसे एक क्लिक में बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा आ जाएंगे बैकग्राउंड पर स्लाइड करते हुए तो आप जैसा चाहे वैसा बैकग्राउंड लगा सकते हैं तो मैं लगा कर आपके सामने दिखा रहा हूँ इसमें कहीं से मैं कोई वीडियो कट नहीं कर रहा देखिए बैकग्राउंड रिमूव होकर के

बैकग्राउंड लग चुका है आप चाहे तो जैसा बैकग्राउंड लगा सकते हैं या चाहे तो आप सादा बैकग्राउंड में भी इसे प्लेन बैकग्राउंड में भी सेव कर सकते हैं अगर आप फोटो बनाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऐप्स है आप जैसा चाहे वैसा बैकग्राउंड लगा सकते हैं और इसमें आगे हम जानेंगे बहुत कुछ तो चलिए मैं अभी फ़िलहाल इसका बैकग्राउंड ब्लैक एंड वाइट ही रहने देता हूँ

इसमें ढेर सारा टेम्पलेट दिया गया है जो टेम्पलेट आपको जैस जो अच्छा लगे वो रहने दे सकते हैं यहाँ से आप चाहे तो बैकग्राउंड छाया जो है उसको इधर उधर कर सकते हैं जैसा मर्जी उतना पैसे सेट कर सकते हैं ये एप्स ऐसा है कि आपको ज़रा सा भी नहीं लगेगा कि ये फ़ोटो खींचा हुआ नहीं है और यहाँ से आप इसको अप्लाई कर दें अप्लाई करने के बाद आप चाहे तो

अपना इम्प्रेशन भी बदल सकते हैं जैसे ढेर सारा इम्प्रेशन है जो भी है इम्प्रेशन वो प्रो के लिए है तो ये जब आप इसे ऐप को परचेज करेंगे तो उसका यूज कर सकते हैं उसके बाद स्माइल फेस है आप जैसा चाहे कर सकते हैं देखिए आपके सामने मैं कर रहा हूँ ये स्माइल कितना अच्छा स्माइल दे रहा है जी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और आप चाहे तो बी भी, भी लगा सकते हैं दाढ़ी देखिए

ढ़ी लगा सकते हैं और यहाँ पर आप शेविंग भी कर सकते हैं अगर प्रो भर्जन का आप कर रहे हैं यूज तो प्रो भर्जन में आप शेविंग का भी ऑप्शन दिया गया है और साइज फेस का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं उसके बाद एज दिया गया है एज यंग है आप जैसा चाहे देखिए फेस फोटो का फेस कैसे चेंज हो रहा है योंग टू है और यहाँ पर आप ओल्ड एज में भी जा सकते हैं देखिए

तो दोस्तों बहुत ही अच्छा एप्स है तो मैं इस पर क्लिक करके उसके बाद अप्लाई कर दूंगा और अप्लाई करने के बाद यहां पर डाउनलोड का बटन दिया गया है सिंपली इसको आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं इसमें हेयर स्टाइल है ग्लासेस है आप ग्लास भी लगा सकते हैं देखिए प्रोवर्जन में ये ग्लास दिया गया है

बस एक क्लिक में आप जो चाहे वो अपने इमेज के साथ वो कर सकते हैं तो मैं ग्लास लगाने वाला नहीं हूँ और फिल्टर भी है आप जैसा कलर चाहे वैसा कर सकते हैं देख सकते हैं यहाँ से आप जो चाहे वो कर सकते हैं तो यहाँ से आपका फ़ोटो बहुत ही अच्छा बनने वाला है ओवरले है वेंटेज है टैटू है

टैटू भी दिया गया है आप टैटू भी लगा सकते हैं देख लीजिए यहाँ से टैटू जैसा टैटू चाहे वैसा लगा सकते हैं ये प्रोवर्जन के लिए दिया गया है देखिए तो दोस्तों बहुत ही कमाल का है ऐप्स है ये इसके बारे में मैंने आपको बताया हूँ और इसमें बहुत सारा फंक्शन दिया गया है जितना चाहे आप मेकअप का भी दिया गया है लड़की के लिए ये मेकअप मेक आप मेकअप मेक भी

इससे कर सकते हैं बस एक क्लिक में देख लीजिए हेयर कलर हेयर कलर आप नेचुरल रख सकते हैं ओरिजिनल और ब्लैक भी कर सकते हैं देखिए एक बस वन क्लिक में फ़ोटो बनके तैयार हो जाता है मतलब इस ऐप से आप खराब से खराब फ़ोटो के बैकग्राउंड को भी बस एक क्लिक में आप रिमूव कर सकते हैं और उसको जैसा चाहे एक स्टूडियो से अच्छा फ़ोटो आप

बना सकते हैं इसमें ढेर सारा ऑप्शन दिया गया है देखिये लेंस ब्लर भी है आप लेंस ब्लर भी कर सकते हैं लेंस ब्लर है सारे तरह का लेंस दिया गया है इसमें जूम जूम वाला भी और एडजस्टमेंट कलर का एडजस्टमेंट कर सकते हैं

ब्राइटनेस बढ़ाया घटा सकते हैं देख सकते हैं आपको जो अच्छा लगे उस पर कर सकते हैं उसके बाद क्रॉप का ऑप्शन दिया गया आप जहाँ से मर्जी वहाँ से क्रॉप कर सकते हैं तो आइए दिखा दे रहा हूँ आपको क्रॉप करके मैं और यहाँ से आपको बहुत ही शानदार फोटो बनने वाला है और इसको अप्लाई कर देना है अप्लाई करने के बाद आपका इमेज बस क्रॉप हो तैयार है बस यहाँ से ऊपर

राइट right साइड के कॉर्नर में डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है इस डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपका फ़ोटो प्रोसेसिंग होकर सेव हो जाएगा आपके गैलरी में और ये आपका इमेज सेव हो चुका है चाहे तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं कहीं भी व्हाट्सएप पर हो या कहीं भी शेयर कर सकते हैं आप इस ऐप्स के माध्यम से अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड हटा सकते हैं तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा ऐप्स अभी तक कोई बना नहीं होगा

हो सकता है बना भी होगा क्योंकि बनाने वाला दुनिया में एक से एक है तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना हमारे लिए क्योंकि ऐसा ही अच्छा अच्छा वीडियो मैं आपको बनाकर इस चैनल पर लोड करने वाला हूं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ऐसा ही मज़ेदार वीडियो मैं नेक्स्ट डालने वाला हूँ तो मैं डेली एक वीडियो अपलोड करता हूँ तो दोस्तों हमारे चैनल को

सब्सक्राइब करना ना भूले और उस बेल आइकन को भी दबा दें तो आज के लिए बस इतना ही थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे